This program is sponsored by ट यूनिवर्सिटी University, Bhopal, आईसी ग्रुप यूनिवर्सिटी हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नमस्कार मई हूँ पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं दखल न्यूज माता यशोदा के लाल देव की के आठवें फुट नटखंड गोपाला का जन्म दिवस पूरे देश और विदेशों में भी बड़े धूमधाम ऐसी मनाया जाता है अष्टमी की रात बारह बजे पुष्प नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के आठवे अवतार हैं श्री कृष्ण धरती पर कंस के अत्याचार को खत्म करने अधर्म का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपनी लीला दिखाना शुरू कर दी थी अपने मुख में ही माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे कंस के द्वारा भेजे हुए कई राक्षसों को उन्होंने खेल खेल में मुक्ति प्रदान की युवावस्था में उन्होंने सभी को प्रेम का पाठ पढ़ाया राधा और गोपीय संग रास लीला की कंस के अत्याचार से सबको मुक्ति दिलाई वहीं महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अपने दिव्य दर्शन कराए श्री कृष्ण की भक्ति में देश विदेश के लोग झूमते नजर आते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों को फूलों व लाइटों से सजाया जाता है मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है मथुरा के मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने और भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ लग जाती है मथुरा का बांके बिहारी मंदिर हो कारागार हो द्वारकाधीश मंदिर हो या प्रेम मंदिर सभी की छटा अलौकिक नजर आती है और हो भी क्यों ना भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वास है मथुरा में भक्त अपने घरों में भी कृष्ण जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा भाव और धूमधाम से मनाते है भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी करते हैं झूला सजाते हैं पूरे दिन उपवास रखते हैं और जैसा कि बालक के जन्म पर पंजीरी बनाई जाती है वैसे ही धनिये की पंजीरी घरों में बनती है श्री कृष्ण जन्म के लिए प्रतीकात्मक रूप से खीरा रखा जाता है जिसमें से श्री कृष्ण के प्रकट होने का महत्व माना जाता है रात के ठीक बारह बजे पुष्प नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है भगवान श्री कृष्ण को दूध दही गंगाजल, शहद शक्कर घी से स्नान कराया जाता है उनका सास श्रृंगार किया जाता है झूले पर विराजमान किया जाता है फल मेवा पंजीरी पंचामृत और काना का अति प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है फिर श्री कृष्ण को सहपरिवार झूला झुलाकर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाए जाते हैं अब आपको बताते हैं की श्री कृष्ण के जन्म की कथा क्या है कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था कंस ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन देवकी का विवाह संपन्न कराया और जब वह अपनी बहन देवकी को उनके पति वासुदेव के साथ विदा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी कि जिस बहन के लिए तू इतना खुश हो रहा है उसी के कोप से जन्मा हुआ आपका पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा बस फिर क्या था यह सुनते ही कंस ने माता देवकी और वासुदेव को कारागार में डलवा दिया और उनकी एक के बाद एक जन्मी नवजातों को कंस मार देता था जब आठवीं संतान के जन्म का समय निकट आया तो कंस ने आकाशवाड़ी के डर से कारागार का पहरा और बढ़ा दिया लेकिन श्री कृष्ण तो है ही लीलाधर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया कारागार के सारे ताले स्वयं टूट गए पहरेदार गहरी नींद में सो गए वासुदेव अपने पुत्र को सुरक्षित करने के लिए कारागार से लेकर नंद बाबा तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े जब वे यमुना पार कर रहे थे उस वक्त यमुना जी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए ऊंची लहरों में बहने लगी और चरण स्पर्श करने के बाद यमुना जी ने वासुदेव को जाने का मार्ग दिया वर्षा बहुत तेज थी तो शीषण छत्र बनकर अपने प्रभु की रक्षा करने चले आए वासुदेव ने सुरक्षित सुरक्षितानाजी को नंद बाबा को सौंपा और खुद कारागार वापस चले गए तो कुछ यूं हुआ था श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदाध मानम सजान्यम परित्राणाय साधुना बिना साचा दुष्कृता धर्म संस्थापना